हेलो फ्रेंड्स मैं सचिन फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा अगर आप अपना फ़ोन चार्ज करते हैं तो आपका फ़ोन कैसे डबल स्पीड से चार्ज हो सपोज़ आपका फ़ोन चार्ज होने में एक घंटे का टाइम लगते हैं अगर आप ये सेटिंग कर देंगे तो फ्रेंड्स आधे घंटे में ही आपका फ़ोन चार्ज हो जाएगा फ्रेंड्स फ़ोन में आपके एयरप्लेन मोड होता है अगर आप उसको ऑन कर लेते हैं तो उसके ऑन करते ही फ्रेंड्स आपका फ़ोन अगर एक घंटे में चार्ज होता है तो आधे घंटे में ये चार्ज हो जाएगा फ्रेंड्स इस सेटिंग अगर आप कर देंगे तो आप उस टाइम पर किसी को कॉल नहीं कर पाएंगे और मैसेज नहीं कर पाएंगे ना ही आपके पास कोई कॉल कर पाएगा तो अगर आपको पता हो उस टाइम पर आपकी किसी की कॉल नहीं आने वाली तो आप आधे घंटे के लिए उसको ऐसे चार्ज कर सकते हैं तो फ्रेंड्स के लिए आप क्या करेंगे उसके लिए फ्रेंड्स आप अपने फ़ोन के सेटिंग वाले ऑप्शन में जाएँगे सेटिंग में जाने के बाद कनेक्शन एंड सेयरिंग में जाएंगे और ये एयरप्ल मोड को ऑन कर देंगे एयरप्लन मोड ऑन करने के बाद ऊपर की तरफ एरोप्लन का आइकन शो हो जाएगा इसको फ्रेंड ऐसे करने के बाद फ्रेंड्स आप अपने फ़ोन को अगर चार्जिंग पे लगाते हैं मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपका फ़ोन अगर एक घंटे में चार्ज होता है तो फ्रेंड्स ये आधे घंटे में आपका पूरा फ़ोन चार्ज करके आपको दे देगा उसके बाद आप उसको ऑफ़ भी कर सकते हैं और फ्रेंड्स जब आप एयरप्लेन मोड को यूज़ करते हैं उस टाइम पर फ्रेंड्स आपका आटोमेटिकली फ़ोन का ब्लूटूथ वाईफाई और जी सब ऑफ हो जाएगा और अगर आप इसको ऑन करना चाहते हैं तो आप मैनुअली इसको ऑन कर सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू